आज मैं फिर आप लोगों को कुछ बड़ी अहम नसीहतें लेके आया हूँ आप लोगों के सामने जो हज़रत अली ने अपने बेटे को नसीहत करी थी वही मैं नसीहतें आप लोगों के सामने रखने वाली हज़रत अली रज़ील् ने अपने बेटों को क्या नसीहत करी थी सबसे पहली नसीहत यही करी थी कि अल्लाह के सिवा किसी से ना डरना दूसरी नसीहत जो करी थी दुनिया हासिल करने की कभी भी कोशिश ना करना बहुत अच्छी बात दुनिया हासिल करने की कोशिश ना करना तीसरी नसीहत जो फरमाई जो चीज़ तुमसे छीन ली जाए उसका गम मत करना जो हो गया वो हो गया उसको ख़त्म कर दो चौथी चीज़ हमेशा हक और सदाकत को मलफूज रखना इसी को ही इस पर ही अमल करना यतीम बच्चों और बेबा औरतों और मजलूम मर्दों पर रहम करना हर मज़लूम की हमायत करना और ालिम को म से रोकना अपनी आखिरत की फ़िक्र करना और अहकाम इस्लाम पर अमल करते रहना ये नसीहत फरमायी हमेशा नमाज को वक्त पर अदा करना ज़क़़त नायात अहतमाम से बायदा अदा करना लोगों के आयों पर क्या करना चश्म पोशी करना गुस्से को जब्त करने की कोशिश करते रहना अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक से अच्छे सलूक से पेश आना पड़ोसीियों से अच्छा सलूक करना कभी फुहश कलिमात मुँह पर न लाना मतलब बद गोई अपनी ज़बान पर मत लाना लोगों को बुरे कामों से रोकना और अच्छी बातों की नसीहत करते रहना फिर नसीहत फरमाई कुरान करीम की तिलावत को अपने ऊपर लाजम कर लेना फिर कहा हर काम में इसकामत और इस्तलाल रखना फिर फरमाया खुद इतफाक़ से रहना और मुसलमानों को मुतकफ मुतफ़ रखने की कोशिश करना गलत निकल गया था ख़ुद इत्तिफाक से रहना मेल मोहब्बत से रहना और मुसलमानों में भी मेल मोहब्बत कायम रखने की कोशिश फिर आपने फ़रमाया जिहाद फ़ी सभी को ना भूलना फिर फरमाया सहबा काम की इज्जत तो़ीर को कायम रखना फिर फरमाया ग़ुलों के हकूक को पूरे करते रहना अदा करते रहना लेकिन हम लोग कितने गुलाम मतलब अपने मुलाजिम और नौकरों के हकूक अदा कर रहे हैं वो खुद ही लोग जानते होंगे फिर फरमाए सब लोगों के साथ बुशादा पेश आनी अच्छे अखलाक से पेश आना अच्छे अखलाक ये बहुत बड़ी चीज़ है मैंने भाई फिर फरमाया कभी किसी मुसलमान भाई की इमदाद और आनंद से मुँह ना मोलना मतलब कोई मदद के लिए आए तो उससे जो है ना ये ना कहना कि हम नहीं कर पाए बल्कि उसकी किसी ना किसी तरीके से तो कोशिश करो अगर आपसे नहीं हो सकती है तो आप किसी मतलब जरिए तो बन सकते हैं ना आप फिर फरमाया मुसलमान फ़करा और मसाकीन का हमेशा खादिम रहना जो ग़रीब हैं जो मस्किन हैं उनका हमेशा क्या रहना आपको ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारना तो हजरत अली ने अपने बेटों को ये बातों की नसीहत करी है बहुत अच्छी नसीहत थी अल्लाह हम लोगों को भी इन नसीहतों पर अमल करने की तोहफ़ी कदा फरमाया आमीन